तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय जय हनुमान हनुमान हनुमा, संकट मोचन हनुमा। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट के निकट नाव रे जो शरण तुम्हार